पिछले साल हमारे पास चौरासी लाख रुपए डोनेशन में आए और सारे का सारा पैसा हमारे देश से आया इसमें से 45 लाख रुपए हमारे क्लिनिक में खर्च हुए जिसमें हमने एक साल में लगभग हज़ार जानवरों की मदद करी जिसमें रेस्क्यूज़ भी हैं आउट पेशेंट भी है ट्रीट ऑन ट्रीट भी हैं सर्जरीज भी हैं अडोपशन भी हैं और साथ ही साथ उनतीस जानवर तो यहाँ पर हमारे साथ परमानेंट रहते हैं जिसमें गधे घोड़े गाय बैल मुर्गे कुत्ते बकरे भेड़ सभी जानवर हैं और जो पैसा बचा वो हमारी अस्पताल की कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ स्पिति की सर्दियों में कुत्ते कुत्तों को ना खा जाएं इसके लिए हमने सर्दी भर वहाँ पे 300 से 400 कुत्तों को रोज़ वहीं की 12 लोकल वीमेन की मदद से फीड किया जो एक और चीज़ पिछले एक साल में भी वो ये कि जो हमारे अस्पताल का सपना था वो ज़मीन से उठ के आज पूरा साकार होता हुआ नज़र आ रहा है इसके लिए जो ज़मीन है हमारी फैमिली ने डोनेट करी जो आज तक खर्चा हुआ वो हुआ सिक्सटी लाख रुपीज़ जिसमें से तीस लाख रुपये कंपनी ने हमें सी एस दिए जो अनोनमस रहना चाहती है बाकी पैसा हमने आप लोगों से फ़ंड रेज़ किया अभी इसकी छत डलनी बाकी है नलके लगने हैं स्विचेस लगने है, डलना है, फिनिशिंग होनी है, और कामने का तो होते होते, लग लग तीन फंड रेजिंग में मदद करी और हमारा अवेयरनेस कंटेंट यूट्यूब और फेसबुक पे एक करोड़ दस लाख घंटे तक देखा गया हमारे साथ करीब पैंतालीस लोग एम्प्लॉयड है जिसमें से आधे इसी गाँव के कई लोग इस पैसे अपना घर चला रहे हैं और कई लोग इस पैसे अपना घर बना रहे हैं जो एक और ज़मीन हमारे परिवार ने पीपल फार्म को डोनेट की है वो ये वाली हमारा प्लान ये था कि भाई यहाँ पे हम पुरानी लकड़ी और मिट्टी इस तरह की चीज़ों का एक इको विलेज बना देंगे जहाँ वॉल्टियर्यर्स आके सस्टेनेबली रह सकें पर पिछले कुछ समय से मैं इतने केस देख रहा हूँ भाई गाय बैल होते हैं या तो हमें अडॉप्ट करना पड़ता है या किसी गौशाला में भेजते हैं जहाँ उनका ठीक से रख होता नहीं तो मन यही है कि भाई इसी को ही काव सेंचुरी बना देते हैं जिसने आके रहना है गाय के साथ टेंट लगा के रह लेगा तो यहाँ पे हम पहले तो ये करेंगे कि भाई एंगल लगा देंगे जो फिर पुराना टीन हमें मिल रहा है वो उस पे लगा देंगे चार दिगारी हो जाएगी इसी का ये एक कैबिन बना देंगे यहाँ पे किसी को रख छोड़ेंगे जो गाय के भाई खाने का रहने का पीने का इंतजाम कर देगा फिर समय के साथ साथ इसको भी हम डेवलप करते रहेंगे इस समय हम करीब छः किलो एक इंच लोहे की पाइप खरीद ले जा रहे हैं पाँच किलो में जाली चाहिए हमको तेईस कैनल तैयार कर हैं एक कैनल हमने सैंपल तैयार किया था हमको कैनल से ही में डॉग्स को करने के लिए इन केनल टाइम एक लाख चालीस हजार रुपए खर्च हुआ है पर एक हमारे को साल दर साल काम आएंगे क्योंकि जब तक पूरी तरह नहीं हो जाता हम हर साल वहाँ पे स्टेलाइजेशन करेंगे वहां पर हमारा सप्लाईज पे खर्चा आएगा करीब डेढ़ लाख रुपए उसके अलावा वहां जाना रहना खाना और स्टाफ सैलरी किसी भी नॉन प्रॉफिट काम में डोनर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और डोनेट करना कोई आसान काम नहीं है आखिरकार आप किसी और पे अपने पैसे को सही से खर्च करने के लिए भरोसा कर रहे हैं तो चाहे आप हमें सपोर्ट करते हैं या किसी और को मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं आप लोगों की जो हमें सपोर्ट मिली है ना उससे हम अपना जो करंट काम है इसको तो जारी रख सकते हैं पर अगर हमें आगे बढ़ना है हमें अस्पताल को फिनिश करना है तो इस समय हमें कॉरपोरेट फंडस की आवश्यकता है तो अगर आप में से कोई हमें सी एस दिलाने में हेल्प कर सकता है प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिएगा